वेलकम टू आई टी आई टेक्निकल चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज मैं आपके सामने फिटर ट्रेड की एक नई क्लास लेकर के आया हुआ हूँ जो कि सीट मेटल से इसका पार्ट वन मैंने करवा दिया है जिस किसी ने भी नहीं देखा है वो आई बटन की लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकता है आज मैं पार्ट टू यहाँ पे कराने जा रहा हूँ जो कि ट्रॉफिक है यहाँ पे धातु चादर की कार अब यहाँ पे धातु चादर के क्या क्या वर्क होते हैं सबसे पहले आज हम यहाँ पे कराएंगे स्टेक्स स्टेक्स है क्या कि यह सीट मेटल वर्कर की एनविल होती है जिसका प्रयोग बेंडिंग सीमिंग और फार्मिंग के लिए किया जाता है अब हम देखेंगे कि स्टेक कितने टाइप्स के होते हैं सबसे पहला है हमारा राउंड बॉटम स्टेक मतलब दिख दिख दिख रहा रहा रहा है है है है है है राउंड राउंड राउंड राउंड राउंड बॉटम बॉटम बॉटम स्टेक स्टेक स्टेक मतलब नाम नाम से से से से आपको आपको कि ये ये इसका इसका ऊपर इस कारण से इसका नाम है। आप देखेंगे का क्या क्या-क्या होता है? ये कास्ट स्टील निर्मित संरचना वाली स्टेक है इसका ऊपरी भाग तथा वृत्ताकार होता है जो कि आपको यहां पे दिख रहा है इसके बाद में ये भारी कार्यों के लिए कार्यूज किया जाता है इसका जो है, है। भारी कार्यों के लिए यूज किया जाता यह हमारा हो गया राउंड स्टे अब नेक्स्ट आ गया हमारा वी आयरन स्टे हमारा वी आयरन स्टेट आगे आगे आगे का का का पॉइंट पॉइंट ये ये ये ये होता होता होता होता है है है है है मतलब जो जो वीक के के समान समान इसका क्या उसका आगे का होता है। इसमें एक और हॉर्न तथा दूसरी और फ्लैट होती है आकार की वस्तुओं को जोड़ लगाने अथवा करने के लिए किया जाता है ये तो हमारा अब हम देखेंगे ऊपरी हिस्सा चाकू निमा होता है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है इसके बाद ये चादर को सीधी लाइन में मोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है मतलब चादर को सीधी लाइन में मोड़ने के लिए यूज किया जाता है और इसका उपयोग जैसे ट्रे अथवा डिब्बे बनाने में भी इसका यूज किया जाता है यह हमारा हो गया नेक्स्ट है ने हाफ मून स्टेक इसका ऊपर का हिस्सा अर्धवृत्ताकार है जो कि हाफ मून नाम से ही आपको क्या होता है इसके ऊपरी भाग में एक ओर को झुकाव होता है इसका इसका एक ओर झुकाव बना हुआ है है प्रयोग बर्तन के के फ्लैंग बनाने के लिए किया जाता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे फनल स्टेट जो आपके सामने फनल स्टेट दिख रहा है वो इस तरीके का है और इसका ऊपरी भाग शंकु आकार होता है तथा पीछे का भाग अर्धवृत्त आकार है अब हम देखेंगे फनल स्टेट का यूज क्या है इसका उपयोग शंकु आकार वस्तुओं को जोड़ने जोड़ लगाने के लिए तथा उन्हें सही आकार प्रदान करने के लिए किया जाता है यह हमारा हो गया फनल स्टेट अब हम देखेंगे प्लंकिंग स्टेट यह हमारा दिखा रहा प्लंकिंग स्टेट इसका भी स्टेट का कारण इसका उपयोग के वाले भाग को मोड़ने के लिए तथा छिद करने के लिए किया जाता है ये तो हमारा हो गया स्टेट स्टेट आयरन जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है क्रेजिंग आयरन मतलब नाम से ही आपको पता इस इस्टेट के एक और प्लेन तथा दूसरी ओर सीधी सीधी ग्रुप ग्रुप ग्रुप होते होते हैं हैं हैं ये एक और प्लेन तथा दूसरी कटे हुए हैं। इसके बाद में अलग-अलग साइज़ के होते हैं। इन का यूज़ चादर की पतली पाइपों को मोड़ने के लिए किया जाता है क्रीजिंग आयरन का यूज क्या है चादर की पतली